जय हिंद कैसे हो आप लोग फिर से मैं लेकर के आ गया हूँ एक नया वीडियो स्वागत है आपका इस वीडियो में आज मैं आपको पढ़ाऊँगा क्लास ट्वेल्थ का केमिस्ट्री इसमें ऑब्जेक्टिव का कुछ प्रैक्टिस करेंगे सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है उसी का आज प्रैक्टिस करेंगे ठीक है और आपको बीस क्वेश्चन में कम से कम दस क्वेश्चन ज़्यादा अभी जरूर करना चाहिए क्योंकि अभी महीना चल रहा है अक्टूबर यानी कि आपके एग्जाम में मात्र चार महीना बाकी है लगभग तीन चार महीना बाकी है तो अब अभी आप यदि 50 परसेंट नहीं कर पाते हैं तो ये सही नहीं है 50 परसेंट से ज़्यादा आपका जरूर होना चाहिए ठीक है तो बिना विलंब किए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो पहला क्वेश्चन है रवादार ठोस पदार्थ कौन सा है रवादार ठोस पदार्थ कौन सा है ऑप्शन नंबर एक कांच ऑप्शन बी हीरा ऑप्शन सी ग्रेफाइट और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं इसमें कौन सा इसका आंसर होगा तो मैं बता दूं इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा हीरा ठीक है प्रत्येक सवाल के बाद आपको एक दो सेकेंड का पॉज दूंगा ठीक है उसके बीच में आपको आंसर सोचना और फिर मैं आंसर बताऊंगा फिर उस अनुसार आपको आंसर मिलाना है कि आपने कितना आंसर सही किया ठीक है दो नंबर क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन है लेकिन ऑप्शन इस चेंज है। दोनों क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है इनमें से कौन, कौन रवादार ठोस है ऑप्शन ए हीरा ऑप्शन बी कांच ऑप्शन सी रबर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं पिछला क्वेश्चन हम क्या देखे आंसर तो वहां पर भी देख चुके थे सिर्फ क्या हुआ एक, एक एक्स्ट्रा ऑप्शन लिया रबर ठीक है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हीरा एक ठोस है है ठीक क्वेश्चन बीसीसी इकाई सेल में कितना प्रतिशत मुक्त स्थान होता है यानी कि खाली स्थान होता है बीसीसी में ऑप्शन एक है चौतीस परसेंट ऑप्शन बी अट्ठाईस ऑप्शन सी बत्तीस परसेंट और ऑप्शन डी तीस परसेंट कौन सा होगा इसका आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बत्तीस परसेंट ठीक है तो यदि बत्तीस परसेंट खाली है तो भरा कितना हुआ है एक सौ परसेंट में से बत्तीस परसेंट घटा देंगे उतना इसमें भरा हुआ है ठीक है बीसीसी का इसल में क्वेश्चन नंबर चार किस जोड़े में क्रमशः छतुस और अष्ट फल्किया होता है ऑप्शन नंबर ए बीसीसी और एचसीपी, ऑप्शन बी एचसीपी और सीसीपी, ऑप्शन सी एचसीपी और सिंपल क्यूबिक ऑप्शन डी बीसीसी और एफसीसी। इसका कौन सा आंसर सही होगा इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी एचसीपी और सीसीपी, यानी कि पहले वाले में चतुष्फलकीय फल वाइट होगा और दूसरे वाले में अष्ट फल होगा क्वेश्चन नंबर पांच इनमें से कौन बेरवादा ठोस है बेरवादा ठोस को चुनना, चारों में से बेरवादा ठोस जो भी है वो आपको बताना ऑप्शन नंबर ए वार्ट ग्लास ऑप्शन बी सिलिकॉन कार्बाइड ऑप्शन सी क्रोम एलम ऑप्शन डी ग्रेफाइट इसका सही आंसर क्या होगा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्वार्ट्ज ग्लास बे ठोस क्वार्ट्ज ग्लास ठीक है क्वेश्चन नंबर छ इनमें से कौन अक्रिस्टलीय ठोस है ऑप्शन नंबर ए ग्रेफाइट ऑप्शन बी हीरा ऑप्शन सी कांच ऑप्शन डी साधारण नमक 2013 में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है ठीक है इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका सही होगा ऑप्शन नंबर सी कांच ठीक है कांच हो जाएगा क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण क्वेश्चन नंबर सात किस दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी होती है ऑप्शन नंबर ए फ्रेंकल दोष ऑप्शन बी सॉटकी दोष ऑप्शन सी फ्रेंकल दोष और शॉर्ट की दोस्त दोनों ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं क्या होगा इसका सही आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शॉटकी है क्वेश्चन नंबर आठ एचसीपी संरचना में पैकिंग प्रभाज कितना होता है 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर ए जीरो ऑप्शन बी जीरो पॉइंट पाँच जीरो ऑप्शन सी जीरो दशमलव पाँच चार ऑप्शन डी जीरो दशमलव सात चार कौन सा होगा इसका सही आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जीरो दशमलव सात चार ठीक है क्वेश्चन नंबर नौ एचसीपी इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितना होता है 2020 का पूछा गया क्वेश्चन है ऑप्शन ए 6, ऑप्शन दो 12, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 7। एच सी इकाई सेल में कितना परमाणु होता है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 6 होता है ठीक है अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10। घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवे जालकों की संख्या कितना होता है 2022 का पूछा गया क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर ए एक ऑप्शन बी चौदह ऑप्शन सी तीन और ऑप्शन डी चार कौन सा इसका सही आंसर होगा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी तीन ग्यारह नंबर क्वेश्चन किस जोड़े में क्रमश चतुष्फलिया चतुष्फल किया वाइड और किया होता है 2018 का पूछा गया क्वेश्चन है क्वेश्चन शायद पीछे रिपीट भी हो चुका है ये तो आंसर अब आपको ये पता होना चाहिए ऑप्शन ए है बी सी ऑप्शन बी सी सी ऑप्शन सी बी और एच ऑप्शन डी एच सी पी एंड सिंपल क्यूबिक एच और सिंपल क्यूबिक कौन सा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बता रखा था एच और सीसीपी होगा, ठीक है बारह नंबर क्वेश्चन मूल क्रिस्टल तंत्र की संख्या कितना होता है दो हजार सत्रह में पूछा गया क्वेश्चन है ऑप्शन ए चार ऑप्शन बी सात ऑप्शन सी ऑप्शन नंबर डी आठ कौन सा इसका सही आंसर होगा बारह नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ये सॉलिड स्टेट जब पढ़ाया जाता है तो फर्स्ट दिन ही ये लेक्चर हो जाता है कि मूल क्रिस्टल तंत्र की संख्या कितना होता है ठीक है तेरह नंबर क्वेश्चन रवा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तो इसे कौन सा दोष कहते हैं ऑप्शन ए शॉटकी दोष ऑप्शन बी फ्रेंकल दोष ऑप्शन सी ऊपर वाला दोनों और ऑप्शन डी एफ केंद्र जिसको एफ सेंटर भी बोलते हैं कौन सा होगा इसका सही आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर डी यानी कि एफ केंद्र इसका सही आंसर हो जाएगा ठीक है चौदह नंबर क्वेश्चन बेरवादार ठोस कौन सा है दो हजार इक्कीस का क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर ए ग्रेफाइट ऑप्शन बी रबड़ ऑप्शन सी हीरा ऑप्शन डी नमक इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रबर रबर जो है बेरबादार ठोस है ठीक है पंद्रह नंबर क्वेश्चन एक अष्टफलक रिक्ति कितने गोलों से घिरा रहता है दो में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है ऑप्शन नंबर ए चार ऑप्शन बी आठ ऑप्शन सी ऑप्शन डी बारह इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ठीक है क्वेश्चन नंबर 16, पहाड़ पर जल का क्वनान कम हो जाता है क्योंकि ऑप्शन ए वायुमंडलीय दाब कम होता है ऑप्शन बी ताप कम होता है ऑप्शन सी दाब ज्यादा होता है ऑप्शन डी हवा ज्यादा होता है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वायुमंडलीय दाब कम होता है सत्रह नंबर क्वेश्चन निम्न में से किस में टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है चैप्टर का क्वेश्चन है 2020 में पूछा जा चुका है ऑप्शन नंबर ए चीनी का घोल ऑप्शन बी सोने का कोलाइडी घोल ऑप्शन सी इमल्सन और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं इसका आंसर कौन सा होगा इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चीनी का घोल ठीक है चीनी का गोल इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर अठारह निम्न में से किस समीकरण द्वारा पराशरण दाब व्यक्त किया जाता है ए ऑप्शन नंबर ए पी इक्वल टू सी बटे आर बी पी इक्वल टू सी ऑप्शन नंबर सी पी इक्वल टू आर बटे टी ऑप्शन नंबर डी पी इक्वल टू आर बटे में सी वाला आप विलियम चैप्टर में सीधे टॉपिक में पढ़े तो वहां पर डायरेक्ट आपको फॉर्मूला क्वेश्चन नंबर उन्नीस अर्धपारगम झिल्ली से प्राशन क्रिया में निकल पाते हैं इनमें से क्या निकल पाते हैं चारों में से सरल आयन जटिलयन विलायक के अनु विलय के अनु तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विलायक के अनु ठीक है क्वेश्चन नंबर बीस आदर्श विलयन का निम्न में से कौन सा गुण है मतलब आइडियल सोल्यूशन में क्या क्वालिटी होना चाहिए ऑप्शन ए यह रोल्ट के नियम का पालन नहीं करता है ऑप्शन बी यह रोल्ट के नियम का पालन करता है ऑप्शन सी ए और बी दोनों ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यह रोल्स के नियम का पालन करता है मतलब कि रोल्स लॉ को फॉलो करना चाहिए ठीक है आइडियल सॉल्यूशन होने के लिए रोल्स के नियम का पालन करना जरूरी होता है ठीक है ये लास्ट क्वेश्चन था वीडियो समाप्त हुआ और एक बात आप लोगों में से बहुत लोग वीडियो देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा करके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ठीक है जय हिंद